तो फॉर एग्जांपल देखो रोल ओवर रिलीफ जो है ना वो इंडिविजुअल को भी मिलता है और रोल ओवर रिलीफ जो है वो कॉरपोरेशन को भी मिलता है यानी कि इंडिविजुअल का सीजीटी में भी आएगा और कॉरपोरेशन की सीजीटी में भी आएगा दोनों में आएगा ये वाहिद एक ऐसा रिलीफ है जो दोनों के लिए एप्लीकेबल है बाकी जो अदर रिलीव है वो सिर्फ इंडिविजुअल के लिए ठीक है दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट तो रोल ओवर रिलीफ बेसिकली होता क्या है कि आपका जो गेन होगा ना जो आपने डिस्पोजल के वक्त जनरेट किया होगा वो गेन फॉर द टाइम बिंग क्या हो जाएगा डेफर हो जाएगा इसका मतलब कि पहले डिस्पोजल के वक्त जो गेन आया होगा मैं उसको चाहूँ तो क्या करवा सकता हूँ फॉर द टाइम बिंग डेफर करवा सकता हूँ अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन सी कंडीशन है जो मुझे फॉलो करनी पड़ेगी कि मुझे ये डेफरल वाला ऑप्शन मिल जाए ठीक है उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आपने जो प्रोसीड जनरेट की है ना पहले एसेट को बेच के उस प्रोसीड को आपको री इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर आप उस प्रोसीड को री इन्वेस्ट कर देते हो ना किसी क्वालिफाइंग एसेट के अंदर तो आपको रोलओवर रिलीफ का बेनिफिट मिल जाता है मसलन फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एक सेकंड हाँ जी हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि कैसे मिलता है तो देखें फॉर एग्जाम्पल एक एसेट था हमारे पास उसकी सेलिंग प्राइस थी 200,000 और वो हमने परचेज किया था उसकी परचेस प्राइस थी 1 लाख पूरा एक लाख ठीक है कितना गेन आया गेन आ गया एक लाख एक अब मैंने क्या किया मैंने ये जो सेल प्रोसीड थी ना इससे एक नया एसेट परचेज कर ली। कम से कम एसेट की कॉस्ट कौ... क्या होनी चाहिए उसकी कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए दो लाख मैंने दो लाख पचास हजार का खरीद ली। तो क्योंकि मैंने पूरी इन्वेस्टमेंट प्राइस रीइन्वेस्ट कर दी ना दो लाख उठा के तो अब इस गेन को मैं आज टैक्स नहीं दूंगा ऑप्शनल है देना चाहे तो दे सकते हैं लेकिन मैं क्या कर दूंगा इसके ऊपर आर क्लेम कर तो मैंने पूरा एक लाख आरओआर क्लेम करके कहा भाई ये तो इस दफा कोई गेन और लॉस जनरेट नहीं हुआ अच्छा इसका ये मतलब तो नहीं है कि माफ हो गया सही है जी तो इसका ये मतलब तो नहीं है माफ हो गया माफ तो नहीं हुआ ना तो अब जब आप अगला एसेट बेचोगे ना कौन सा वाला नया एसेट जब बेचोगे तो आपको उसके ऊपर पिछले के ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा और अगले के ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा सही है तो वो हम कैसे निकालेंगे केस uh, मतलब कि अगर ये जो है गेंद जो है अगर वो मोर uh, देन uh, एक लाख से अगर जो है वो uh, वो होता ज़्यादा होता तो ये हमारा आरओआर भी फिर जो है उतना ही होता फिर अभी आ, वो बात तो बाद में करेंगे ना अभी अभी तो सिंपल समझ लो जो सिंपल है सिंपल क्या है कि पूरा री इन्वेस्ट हुआ और आपने जो नया एसड था उसकी कॉस्ट को रिड्यूस कर दी और ये बन गई आपकी बेस कॉस्ट ये काम करना है अगर आपको फुल री इन्वेस्टमेंट हो गई है तो यानी कि एक एसेट आपने बेचा उसके ऊपर आरओआर क्लेम किया नए एसेट, एसेट की कॉस्ट में से वो आरओआर ओ माइनस किया और बेस कॉस्ट निकाल निकाली ये बेस कॉस्ट कब काम आएगी जब इस दूसरे एसेट को बेचूंगा ना मैं For example, मैंने अपनी एग्जाम्पल में इस एसेट को बेच दिया कुछ साल बाद तो सेल प्रोसीड आई से सपोज तीन लाख पचास हजार या एक लाख पचास हजार तो हुआ 200. इस गेंद में पिछला गेंद शामिल है क्या नहीं yes, शामिल है बेस कॉस्ट की वजह से जो पिछला गेन रोल ओवर हुआ था ना उसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा अब और इस वाले के ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि रोल ओवर मिलता कैसे बेस कॉस्ट कैसे निकाली जाती है फिर आप इसकी इंजीनियरिंग में घुसें आगे की क्वालिफाइंग कंडीशन क्या होती है टाइम क्या होता है पार्शल री का चक्कर क्या होता है डेप्रिशिएटिंग एसेड का चक्कर क्या होता फिर वो उसकी साइंस है आगे ना बेसिक बेसिक तो पता होना चाहिए ना किस्मत अच्छी हुई पता लगा बेसिक पे दो नंबर का सवाल आ गया ठीक है हाँ जी दूसरी पार्टी जिसने हमें ज्वाइन किया है कोई स्पेसिफिक मसला तो बताए भाई पेपर में अच्छा इसको मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करूँ पार्सल वाली एग्जाम्पल पे चल अच्छा बाद दफ़ा क्या होता है कि आप पूरी इन्वेस्टमेंट नहीं करते ना जो भी आपकी सेल प्रोसीड आती है उसका आप कुछ पार्ट इन्वेस्ट कर देते हैं मसलन फॉर एग्जाम्पल आपने एक एसेड बेचा एक लाख का वो खरीदा था सपोज कर लें चालीस हजार का कितना गेन हुआ कितना गेन हुआ साठ हजार ये गेन आपका रखा हुआ साठ हजार ठीक है आपने री इन्वेस्ट कर दिया नब्बे हजार कितना क्या फुल रोल ओवर मिलेगा हाँ जी यस और नो जी सर फुल रोल ओवर मिलेगा चेक करो ना भाई सेल प्रोसीड कितनी है और नए एसेट की कॉस्ट कितनी है सेल प्रोसीड है एक लाख क्या नए एसेट की कॉस्ट एक लाख से ज्यादा है एक लाख है कितनी है पार्शियल री इन्वेस्टमेंट है फुल री इन्वेस्टमेंट है 90, फुल है पार्शियल है ये बताओ फुल है। फुल से कहा भाई फुल का तो मतलब नहीं समझे जेब में आया आपने उठा के नब्बे दस हजार कहाँ गए नहीं लगाए ना आपने तो टैक्स वाले कहते हैं वो दस हजार के ऊपर आप टैक्स देंगे इमिजिएटली तो आपने दोबारा कैलकुलेशन की एसेट कितने का बिका था एक लाख कॉस्ट कितनी थी चालीस हजार गेंद आया कितना आया gain? हजार. कितना गेन रोल ओवर नहीं हो सकता वो नीचे लिख दो कितना गेन रोल ओवर नहीं हो सकता जितना आपने इन्वेस्ट नहीं किया टेन थाउजेंड विच इज द डिफरेंस बिटवीन वन हंड्रेड थाउजेंड एंड नाइंटी थाउजेंडी तो बाकी कहां गया बाकी गया? आर बाकी गया? है ना सर। में चला मिनट मिनट का का का का। अगर थोड़ा सा दिमाग ना, सिर्फ का अच्छा नया एसेट कितने का खरीदा था? का. बेस कॉस्ट क्या होगी? न्यू एसेट की कॉस्ट कितनी है? क्या माइनस करू बेस बेस निकालने के लिए कितना आर। आर कितना था बाकी बचा ये आ गई बेस इतना तो करके जाओ यार कम से कम कम से कम इतना तो करके जाओ सही है तो मुश्किल नहीं है ये तो काफी आसान है गिफ्ट रिलीफ मुश्किल है आगे बढ़े जी बाकी लोग बताएं जी क्या इश्यूज हैं ये मैंने इश्यूज के लिए क्लास रखी है ना इश्यूज हैं तो क्लास में आप बोलते जाए मसाइल बताते जाए तो उनको हल करते जाए जी एनी और मसला एनी अदर मसला फिर मैं आखिर में आपको कुछ टिप्स दूंगा कि पेपर में आपको क्या करना चाहिए हाँ जी कोई सवाल नहीं है लगेंगे कुछ लगेंगे देखें लगेंगे तो ये तो अल्लाह बेहतर जानता है क्या लगेगा लेकिन आपको मैं बता चुका हूँ कि हमारा जो पेपर है उस पेपर में देखें जो सेक्शन ए है उसमें तो कुछ भी आ सकता है ना सेक्शन ए में एग्जामिनर क्या पूछेगा वो तो, तो एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है. लेकिन जो टफ एरियाज़ हैं ना उस पर एम ज़्यादा आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ना टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के एम सी डेट्स ये सारी चीज़ें पेनल्टीज़ वग़ैरह इसको आप आपन में रखें यहाँ पर आप एन के एम को जहन में रखें यहाँ पेंशन के एम को जहन में रखें यहाँ आप लॉसेस के एम को जहन में रखें या ग्रुप के एमसी की में रखें या आप सीजीटी के रिलीफ को जहन में रखें या आप वीएटी का स्पेसिफिकली एडमिनिस्ट्रेशन वाला इशू इशून में रखें और आईएचटी के अंदर जो है वो आईएचटी का सीएलटी uh, भी हो सकता है आईएचटी की डेथ स्टेट का भी सवाल हो सकता है ये तो ए के अंदर नॉर्मली सवाल पूछे जाते हैं नॉर्मली इनमें से ए बन सकता है अच्छा बी की बात की जाए अगर तो हम पहले ही बात कर चुके हैं एफ सिक्स में पेपर फिक्स्ड होता है ना बी में जो लाइकली तीन टॉपिक्स हैं एक सवाल सी जी टी के ऊपर दस नंबर का दूसरा सवाल आई एच टी के ऊपर दस नंबर का तीसरा सवाल आपका लाभ हला करें वी ए टी के ऊपर नंबर का अब इसके अंदर एग्जामिनर क्या पूछेगा वो तो आपको मर्जी है। टी के अंदर वो लाइफ टाइम प्लस डेथ स्टेट कंबाइंड क्वेश्चन छोटा सा सवाल ना लाइफ टाइम गिफ्ट भी दिया है डेथ स्टेट भी दी हुई के अंदर मोस्टली थ्योरी। मोस्टली थ्यूरी सी जी टी के अंदर रिलीफ शेयर्स फिर हम सेक्शन सी की तरफ आते हैं तो सेक्शन सी में हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन इनकम टैक्स पंद्रह नंबर का क्या आएगा मिक्स क्वेश्चन किसी सिंगल टॉपिक पर नहीं मिक्स क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन बोले तो एम्प्लॉयमेंट सारी चीजें एम्प्लॉयमेंट प्रॉपर्टी पेंशन एनआईसी इस तरह का एक मिक्स सवाल ये मेरी प्रोडिक्शन है कॉरपोरेशन कॉरपोरेशन में एग्जामिनर आपसे प्रॉफिट का सवाल भी पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे लॉस का सवाल भी पूछ सकते हैं वही सेम वर्किंग टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट या लॉस इसमें कैपिटल अलाउंसेस भी होंगे इसके अंदर प्रॉपर्टी भी हो सकती है इसके अंदर सीजीटी भी हो सकता है और इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन भी हो सकती है एक एक दो, दो नंबर की चीजें इसके अंदर एग्जामिनर एक कॉम्प्रीहसि अब क्या बचा अब आपके बच, बच बच बचा तीसरा सवाल ये है गैम्बलिंग क्या पूछेगा एग्जामिनर? तो या तो एग्जामिनर पार्टनरशिप में से कुछ पूछ लेगा या एग्जामिनर किसके ऊपर जाएगा बेसिस पीरियड के ये मुझे लगता है जो सेपरेट सवाल एग्जामिनर के पास पड़ा हुआ और अगर कोई बुराई आनी हुई ना तो एग्जामिनर पूरा नंबर का एग्जामिन पीओ ए निकालो फिर लास्ट पेमेंट निकालो फाइनल बैलेंसिंग पेमेंट मुश्किल उसकी पेनल्टीज ये काफी टेक्निकल है याद नहीं रहती स्टूडेंट्स अब आप पेपर स्टार्ट कैसे करोगे कहां से शुरू करोगे कहां खत्म करोगे आइडियल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए स्ट्रेटजी पे बात कर लेते हैं स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि आप अपना पेपर सबसे पहले सेक्शन ए को एक्सप्लोर करेंगे ठीक है जी सेक्शन ए में आपके पास जो पंद्रह एमसीक्यूज़ या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना आप उन पंद्रह क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना वन बाय वन ना क्या आया एग्जामिनर ने क्या पूछा उसमें थ्योरी के सवाल भी होंगे उसमें न्यूमेरिकल के सवाल भी होंगे बस आप ये टिक टिक करते जाएं जो आपको आता है पहले करते जाएं कोशिश करें कि इनिशियल आधा घंटा आप पंद्रह एम सी स्पेंड कर मेरी आवाज आपको आ रही इनिशियल थर्टी मिनट्स जो हैं आप लगा दें इसके ऊपर उस उस बच्चे घंटे इनिशियल मिनट्स में 5, 6, 7, 8 सवाल सही हो सकते हैं आउट ऑफ़ और वो आपको एक बूस्ट देगा कि यार मेरे दस मार्क्स बारह मार्क्स पंद्रह मार्क्स मेरे गारंटी किए है वह ये मेरे पास आ गए हैं तो अल्टीमेटली अब हम नाउ आई एम सेटिस्फाइड सही है जी अच्छा उसके बाद क्या करना है उसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह जाएंगे न, उसको करने, उसको ना उसको आप फ्लैग कर दें उसको ट्राई ना करें छोड़ दें आखिर के लिए छोड़ दें जो डिफिकल्ट लग रहे हैं जो समझ ही नहीं आ रहे टाइम जया ना करें जैसे कोई सवाल आ गया मसलन फॉर एग्जाम्पल टर्मिनल लॉस पे कोई सवाल आ गया अब टर्मिनल लॉस बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है ना तो आप ऐसा करें टर्मिनल लॉस को फ्लैग कर दें बाद में देखेंगे टर्मिनल लॉस अभी छेड़े ना टर्मिनल लॉस को जो आपको आते हैं सही है आगे बढ़े सर अच्छा जी फिर आते हैं हम सेक्शन बी पे अब मैंने कर लिया एक आइडियल सिचुएशन में एक आइडियल सिचुएशन में मैंने कर लिया एक आइडियल सिचुएशन है तो उसमें एक सेकेंड रुके हाँ जी सेक्शन बी तो सेक्शन बी में अब आप पहुंच गए सेक्शन बी में सेक्शन बी में आपके पास क्वेश्चन नंबर वन पांच एमसीक्यूज़ सी या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू पांच एमसीक्यूज़ क्वेश्चन नंबर थ्री पांच एमसीक्यूज़ चेक करें कौन कौन से टॉपिक्स हैं चेक करें कौन सा टॉपिक चेक करें वही टॉपिक आए जो हमने पहले प्रिडिक्ट किए हैं यहाँ पर ऐसा ही है सीजीटी पे एक सवाल आ गया दस नंबर का आई पे सवाल आ गया वैट पे सवाल आ गया अगर ऐसा ही है तो आप आइडेंटिफाई करो इजी क्वेश्चन कौन सा ऑब्वियसली जो टॉपिक आपको तो बहुत अच्छा आता होगा वही इजी लगेगा तो अगर फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा आई बहुत अच्छा है गो फॉर आई वैट अच्छा है वैट ट्राई कर लो सी नहीं आता सी छोड़ दो तो जो उसमें से एक सवाल कम से कम एक सवाल पूरा कम से कम तो लाजमी ट्राई करना है कम से कम बात कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप तीनों सवाल भी कर सकते हो दोनों सवाल भी कर सकते हो फिर आपने सेक्शन बी में से कुछ पार्ट कर ली अच्छा एक सवाल में हो सकता है तीन पार्ट आ रहे हो कोई बात नहीं दूसरा सवाल ट्राई करो दो पार्ट आसान हो वो कर लो तीसरा सवाल ट्राई करो दो पार्ट कर लो तो कुछ पार्ट कर करके सेक्शन बी लेफ्ट कर दो उसके बाद आ जाए आप सेक्शन सी में और सेक्शन सी में कंपैरेटिवली ना कॉर्पोरेशन का सवाल रीज़नेबल होता है गो फॉर क्वेश्चन चेक किस किस टॉपिक पे सवाल आया अगर इनकम टैक्स पूछा तो क्या क्या पूछा उसने कैसा सवाल है आसान सवाल है मुश्किल सवाल है अगर उसने कॉर्पोरेशन पूछा क्या टिपिकल सवाल है जो किट के अंदर था एडब करने वाला वैसे ही सवाल है तीसरे सवाल में क्या आया क्या तीसरा सवाल आसान है मुश्किल है यह बहुत मुश्किल है ये इवेल्यूएट करने के बाद नाउ डिसाइड कि आपको कौन सा सवाल करना है मसलन मैंने ऑप्ट किया मैं ये सवाल ट्राई करूंगा कितने नंबर का सवाल है अब आपको ये जहन बनाना है कि ये सवाल मुझे 30 मिनट्स के अंदर अंदर कर लेना इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है ना तो लीव दैट क्वेश्चन छोड़ दें उस सवाल को आगे ट्राई करने की जरूरत नहीं फिर आप एक सवाल और ट्राई करें अब आपने कहा मैं ये सवाल ट्राई कर लेता हूं फॉर एग्ज़ाम्पल ये सवाल ट्राई कर लेते हैं अगेन 15 मार्क्स क्वेश्चन कितना टाइम अवेलेबल है 30 मिनट्स ये आइडियल टाइम बता रहा हूं मैं कुछ कर लिया कुछ नहीं आ रहा लीव दैट अच्छा ये कर लिया कितना टाइम लग चुका होगा सब भाई दबाव में आधा घंटा सेक्शन ए में आधा घंटा या फोटी मिनट लग चुके होंगे सेक्शन बी के अंदर और तकरीबन एक घंटा तो आप पौने दो घंटे या दो घंटे अपने पेपर के स्पेंड कर चुके होंगे और अगर आपने सही काम कर लिया तो आप 35, 36, 37, 38, 40 के मार्क्स के पास पहुंच चुके होंगे अगर आपने सही काम कर लिया आप कितना मार्क्स चाहिए पेपर पास करने के लिए रिमेनिंग सिर्फ 10 मार्क्स चाहिए पैनिक होने की जरूरत नहीं एक घंटा पढ़ा हुआ है, चिल करो और अब ये देखो कि कहाँ जम्प करो सेक्शन ए पर जाऊँ कितने एम सी की दो तीन एम सी हैं सेक्शन बी में क्या दो सवाल पड़े हुए या एक सवाल पड़ा हुआ है सेक्शन सी में क्या पढ़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ जंप करो ए पे या बी पे और फिर पूरा पेपर कंप्लीट करने के लिए कोशिश करो जो इजी लग रहा है उस पर पहले जाओ और फिर कोशिश करो कि हर चीज़ टच हो जाए बहुत ज़्यादा पेपर छोड़ना नहीं है ट्राई टू कंप्लीट हंड्रेड मार्क्स चाहे गलत करो लेकिन ट्राई टू कम्प्लीट हंड्रेड मार्क्स एम जो आपके पास हैं सेक्शन ए में सेक्शन बी में नहीं आता तो कम आके आ जाओ छोड़ के नहीं आना और सेक्शन सी में पूरा दस नंबर का सवाल छोड़ के नहीं आना अटेम्प्ट जरूर करना है उसके अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपको एग्जाम में फायदा देकर जा सकता है हाजी अब बताएं और कोई सवाल अच्छा सेक्शन सी में क्योंकि हमें एक्सेल इस्तेमाल करना है हमारा तो कैलकुलेशन ही ज्यादा तो ट्रैप में ना एक्सेल पर बहुत अच्छी फॉर्मेटिंग होनी चाहिए बहुत मैं सजा के बनाऊंगा एक्सेल कोई मसला नहीं बस आपकी वर्किंग में समझ चाहिए इनफ़ को ज़्यादा जो फनकारी करने की जरूरत नहीं है नक्शो नगार बनाने की जरूरत नहीं है की करते हैं, तो एनआरबी में लाइफ टाइम की बात कर रहे हैं डेथ uh, स्टेट की डेथ स्टेट की ना तो मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ देखें जी आई एच टी के अंदर आपके पास दो चीजें होती है। एक होता है लाइफ टाइम गिफ्ट और एक होता है death state. अगर हम डेथ स्टेट की बात करें ना तो डेथ स्टेट में दो तरह के एनआरबी होते एक नॉर्मल एनआरबी होता है और एक आर एन आर होता है आर में नो सेवन ईयर रूल ठीक है इसमें तो इस्तेमाल नहीं होगा सेवन ईयर रूल एन आर बी में लुक बैक सेवन ईयर देखते हैं कहाट ऑफ डेथ सही है यहां से देखेंगे और क्या कंसिडर करेंगे सी और वो पैट कंसिडर करेंगे जो टैक्सेबल होगा <coughs> सही? है? अगर एक पैट जो है वो सात साल के अंदर नहीं आ रहा तो ऑबियसली वो टैक्सेबल होगा ही नहीं तो जो पैट होगा वो टैक्सेबल ही होगा नॉर्मल सी बात है अच्छा अब यहां आ जाते हैं लाइफ टाइम में लाइफ टाइम के अंदर एक एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर टैक्स लगता है जिस वक्त गिफ्ट किया और एक डेथ के वक्त लगता है कंडीशन में डिस्कस नहीं कर रहा कंडीशन आप लोगों को पता है कंडीशन क्या होती है यहाँ पर भी एनआरबी का चक्कर आएगा यहाँ पर भी एनआरबी का चक्कर आएगा दोनों में लुक बैक सेवन इयर्स कहाँ से कॉमन डेथ से लुक बैक सेवन इयर्स डेट ऑफ ट्रांसफर से ट ऑफ डेथ ट्रांसफर से सात साल पीछे क्या कंसिडर करेंगे क्या कंसिडर करेंगे हर सी एल टी कंसिडर किया जाएगा सिर्फ वो पैट कंसिडर किया जाएगा जो टैक्सेबल है ये आसान सा तरीका है ये याद कर लें पीछे पैट लेना है या नहीं लेना पीछे पैट वो लेंगे जो पैट चार्जेबल होगा जो पैट चार्जेबल नहीं हो रहा सात साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है तो उस पैट को कंसीडर करने की जरूरत नहीं क्लियर है कॉन्सेप्ट हाँ जी और बोल मैं तो समझ रहा था बहुत मसाइल लेके खड़े हुए तुम लोग सर अगर प्राइवेट यूज़ हो और बेनिफिट निकाल रहे हो और स्केल uh, गिवन नहीं हो तो जो भी अपोशनमेंट की टोटल लेकिन स्केट आज गवेन्द नहीं हो तो आप पोर्सन नहीं करेंगे नहीं करेंगे और बोले वैसे तो पोर्शन होगी ना आप पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स की कैलकुलेशन की बात हो? है और प्राइवेट यूज ऑफ द कार अगर प्राइवेट यूज़ ऑफ़ द कार होती है, तो दो, कर दो तो ट करते हैं और अगर उसने कोई भी रीमबर्समेंट नहीं किया तो हम आउटपुट वी एटी चार्ज कैलकुलेट करते केस नहीं आता हमारे सही, सही, सही बस यही पूछना था सही है अच्छा जो भी स्केल स्केल स्केल चार्ज चार्ज चार्ज दिया दिया जाएगा जाएगा ना यह बात ध्यान में रखें कि जो जो भी दिया जाएगा, उस पर जो भी उस पर आउटपुट निकालेंगे वो हमेशा कैसे निकालेंगे 20 120. तो ये इसका आउटपुट वी ए टी आ जाएगा स्केल चार्ज एग्जाम में क्यों ना अगर रीइम्बर्समेंट कर दिया उसने और स्केल चार्ज भी दिए गए तो फिर स्केल चार्ज को इग्नोर कर देंगे फिर किस पे लगेगा अगर फुल रि है तो आउटपुट वी किस पे लगेगा रिम्बर्स अमाउंट पे लगेगा पार्शल का केस नहीं आता और बोले तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया पेपर में आपको कैसे पेपर अटैम्प करना है पूरा पेपर कौन कौन से एरियाज में जाना है क्या करना है क्या नहीं करना है डेट के बारे में केयरफुल रहे डेट मिलती जुलती है तो एक एक दो दो नंबर का गेम है सारा तो आज बैठकर सारी डेट्स को रिवाइज कर लें ताकि आपको ये पता हो कि जी इंडिविजुअल टैक्स कब देता है रिटर्न कब फाइल करता है और पेनल्टीज सारी देख लें एक तरफ़ क्योंकि पेनल्टीज और इंटरेस्ट के ऊपर सवाल लाइकली है अच्छा कंपनी uh, के अंदर जो है वो लार्ज uh, कम्पनी और स्मॉल कम्पनी का वो थ्रेश देख लें और इसी तरह वैट के अंदर जो ना क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट कैसे निकालते हैं और अगर रिटर्न फाइल होता है तो उसकी पेमेंट कैसे निकालते हैं इस पेनल्टी तो तो में जो पेनल्टी होती है वो हर प्रोसीडिंग पीरियड के साथ 500 का इंक्रीज होता है फर्स्ट 100 होती है उसके बाद हाँ बिल्कुल और ये इट ऑल्सो डिपेंड्स किस पेनल्टी की बात हो रही है इंडिविजुअल की पेनल्टी की बात हो रही है कॉरपोरेशन की बात हो रही है वी की बात हो रही है स्टैंडर्ड पेनल्टी का रूल तो अपनी जगह सिमिलर है हमने स्टैंडर्ड पेनल्टी का रूल पढ़ा था उसके हिसाब से तो पेनल्टी जो होती है वो लेट पेमेंट की पेनल्टी का रूल परसेंटेज वाला है और जो नॉर्मल पेनल्टी है जिसको हम कहते हैं लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न की वो इंडिविजुअल की अलग है और कॉरपोरेशन की डिफरेंट होती है तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा किसकी पेनल्टी की बात हो रही है